आइए दोस्तों आज हम आप सभी को फिनिशिंग का काम कैसे होता है मैं आज वो दिखाऊंगा आप लोगों को आज देखिए हमारे एक पार्टनर है जो मेरे साथी है जो ऊपर मिस्टोलेशन ऊपर फिनिशिंग कर रहे हैं आइए मैं आपको दिखाता हूं सिर्फ फिनिशिंग है इस ओवर ब्रिज के अंदर में ये जो सीमेंट है ये सिर्फ सीमेंट के जरिए ही फिनिशिंग होता है और देखिए मेरे दोस्तों मेरा पार्टनर मिस्टोलेशन भी ऊपर में फिनिशिंग कर रहे है देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग कर रहा है, कर रहा है। के ऊपर चार का। रतलाम हाईवे बन रहा है एट लाइन रोड आप देख सकते हैं यहाँ जोरो शोरों से वर्किंग काम चल रहा है ये बढ़िया ओवर ओवर ब्रिज से कहते हैं और जो ए, रखा हुआ जो है वो गार्डर है आई गार्डर इसे कहते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है आपको धीरे धीरे करके मैं सारा आपको जानकारी दे दूंगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आस पास में गाड़ी भी काफ़ी चल रहा है और हम लोग का काम सिर्फ नेशन का काम होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाइयों है के फिनिशिंग है जो हम लोग खुद अपने हाथों से किए हैं इसलिए फिनिशिंग करते हैं इसके अंदर में कोई हैंडकम्प या कुछ ना रहे देखिए ये हम लोग इसके अंदर का ऊपर का सिलाब जो है वो ढाल दिया ऊपर गाड़ी चलने के लिए तैयार है रोड अच्छा से बन चुका है आप देख सकते हैं ये रतलाम हाईवे रोड है ये काफी यहाँ पे आसपास में देखिए कितना अच्छा पहाड़ है बहुत सुंदर जगह है काफी मस्त एरिया है इसको आप कह सकते है कि एक कुदरत का नजारा ही है ये जगह जहाँ पे रोड बन रहा है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं ओके थैंक यू मेरे भाई